लिख रही है नियति गाथा कदमों के कुछ निशान बना रख खुद पे भरोसा तू कुल ऊंचा ऊंची शान बना बदल दे अपनी दुनिया नई धरती नया आसमान बना अपनी अलग पहचान बना अपनी अलग पहचान बना राह जो जगने दिखाई तो चलने का क्या मतलब है गैरों के शर्तों पर जिए क्या जीवन का ये मकसद है बल बुद्धि और विवेक से जा एक दो या हर एक से पर नई राह नया मुकाम बना अपनी अलग पहचान बना अपनी अलग पहचान बना अपने भविष्य के निर्माता तुम हो अपने अस्तित्व के विधाता तुम हो खुद के निर्माण में पसीने बहाओ खुद के निर्माण में सुख चैन गवाओ खुद के निर्माण में दिन रात भुलाओ या खुद की बाधाओं को धूल चटाने अब खुद -ta ya ya -da को तू चट्टान बना अपनी अलग पहचान बना अपनी अलग पहचान बना फिर नियति तुम्हारी कथा लिखेगी फिर नियति तुम्हारी गाथा लिखेगी तुम्हारी की नई गीता लिखेगी तुम्हें नए निर्माण का पिता लिखेगी तुम्हारा कोई उपाय नहीं तुम्हारा कोई पर्याय नहीं रोक सके जो राह तुम्हारा ऐसा कोई निकाय नहीं कर दे सर वंश का ऊंचा ऐसा अडिग स्वाभिमान बना अपनी अलग पहचान बना अपनी अलग पहचान बना इतिहास के पुस्तक में कुछ पन्ने तुम्हारे हो इतिहास के पुस्तक में कुछ पन्ने तुम्हारे हो वीरों के आभूषण में कुछ गहने तुम्हारे हो, जो जयघोष हो स्वभावों में तो नाम तुम्हारा पुकारा जाए जो उद्घोष हो उपलब्धि की तो काम तुम्हारा सराहा जाए तू हस्ती ऐसी कीर्तिमान बना अपनी अलग पहचान बना अपनी अलग पहचान बना लिख रही है नियति गाथा कदमों के कुछ निशान बना